नहीं बोलो दो है ऐसा एक हमारे पीछ के पीछे वहां पे दिखाई थोड़ा थोड़ा ही चलते वीडियो क्लास तक बने रहेगा तो फाइनली हम आ गए यहां पे देख सकते कितना खूबसूरत है देखने के वो हाँ चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ इसको दिखाने के बाद आपको इधर लेकर जाता हूँ आइए चलता हूँ यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं कितने झंडे लगे हुए हैं और आइए है। एक्चुअली देख सकते हैं यहाँ पे भी आ गए और यहाँ देखिए मेरा दोस्त अभी सोए गए हैं यहाँ देखिए इस कितना मजा क्या हो रहा है यहाँ पे देखे स्टैंड मारा है यहाँ ये स्टैंड मारा है मेरा दोस्त और इधर आपको दिखा दूँ मैं फाइनली और ये देखिए मेन वही है एक ई साइड है दो है ऐसा एक यहाँ पे और वो तभी तो बन रहा है पेंट उन्ट का काम जारी है उसका और यहाँ पर देख सकते हैं हाथ धोने के लिए यहाँ पे है इस साइड में आइए यहाँ हाथो पर हाथों धोने यहाँ पर हाथ और वाश कर सकते हैं यहाँ पर पानी उनी पीना है तो यहाँ पर आकर पिए तो चालू नहीं हो रहा देखिए इसकी ये सेकेंड नंबर है सेकेंड नंबर का काम अभी जारी है अभी बनने में समय है तब तक आइए आपको बता दो इधर स्टेन मार रहे हैं सब मेरे दोस्त और स्टेन मारते मारते मारो घास पे स्टैंड तो देखे, देखे मार के दिखाओ एक देखो स्टेन मारेगा अभी मार के दिखाओ <laughs> ये देखिए ये टाइगर सर आपका वो एक्शन कर रहा है मगर नहीं होता इससे और ये देखिए एक और वो मैं भी फिलहाल इसी घास में जाकर मैं भी सोऊंगा पार्क में यहाँ पे है जो जय स्टेट में आ रहा है न मैं यहीं पे जाकर मैं भी आइए इसके बाद चलता हूँ मैं भी रुक जाओ सिर पर लग जाएगा चोट और मैं भी सोकर देखता हूँ कितना आनंद आता है ओ आ, तो बहुत ओ भाई बहुत नोकीला बहुत चुभ रहा है शरीर में और आपको बता दू की फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और आप आइए यहाँ का वीडियो बनाइए सोने में बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं और आपको बता दूँ तो फाइनली चारों तरफ से आपका सिंग उदर फूल है और उधर का बता दूँ आपको ये घास में तो बहुत ही ये देखिए कितना अच्छा अच्छा फूल है ये यहाँ पे देखिए देखिए ओह क्या खूबसूरत दिखने में लग रहा है भाई देख रहे हैं ये तो अभी सोया है लगता है रात को सोया नहीं है ऐसे ले ऐसा सोया है ये आके ऐसा घास कभी तो देखा नहीं है ऐसा देखिए सो गया ये और स्टेड मार देखिए ये ओह तो हालो दोस्तों बता दूं आगे गुम्पा के पास यहाँ देख सकते हैं ग्राउंड है यहाँ का और अभी बन रहा है ग्राउंड का काम जारी है और उधर देख सकते हैं बड़े-बड़े काम कर रहे हैं उधर उस साइड में घर का भी तैयारी चल रही है नया गुम्पा है साकिम रोड का और आगे आपको चलते हैं फिलहाल हमारे सामने जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी में मैं जा रहा हूँ घूमने के गुम्पा भी तैयारी की जा रही है और तैयारी जारी है इसका अरे चलते ये तो ग्राउंड है यहाँ अभी काम बन रहा है अभी फिलहाल आपको दिखाए क्या काम अभी जारी है अभी बन रहा है गुम्फा ये हमारे पीछे जो गुम्फा है तो ये बनना स्टार्ट हो गया है उधर बड़े साइड है इधर आप देख सकते हैं आइए चलते हैं इधर अब ये गुम्फा तैयारी हो रहा है आपको देख सकते हैं हमारे पीछे है गुम्फा जो तैयारी होने का स्टार्ट है और इधर देख सकते हैं झंडी कितनी लगी हुई है अब इसका काम जारी है और बनने के बाद आपको फुल वीडियो मिलेगा आइए चलते इसके आगे हमारे पीछे देख सकते हैं अब जा रहे हैं हम लोग उसके दो मंदिर और आगे हमारे सामने हैं उसमें हमारे सामने देख सकते हैं यही गुम्पा है जो नए गुम्पा है साकिम का और बाना स्टार्ट हो गया है और जंगल से हम लोग जा रहे हैं घर बहुत लग रहा है भाई और दो लोग और आगे चले गए हमको अकेले छोड़ दिए हैं आइए चलते हैं तो हमारे फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी जंगल में देखिए यहाँ भी यहाँ भी एक मंदिर बना है गौतम बुद्ध का पुराना मुइर है और वहाँ भी है जो पुराना है और दूरा वहा रोड पे दोनों लोग और घर लिया आए बहुत डर लग रहा है यहाँ पे यार इसको साइड दे देते हैं थोड़ा नहीं तो काट उठ लेगा यहाँ पे और जाओ भालू जैसा है ये जंगली